यदि आपका भी जन्म किसी भी माह की 8 तारीख को 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को हुआ है तो जान जाइए कि आपका मूलांक 8 है और आज हम हाँ मूलांक 8 वालों के लिए वर्षफल 2020 कैसा बीतेगा इस पर चर्चा करेंगे तो अंक ज्योतिष 2020 के अनुसार मूलांक 8 वालों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा देखिए चुनौतियों से जूझने के लिए आपकी काबिलियत आपको कई मौक़ों पर विजयी बनाएगी लेकिन भाग्य का प्रॉपर साथ नहीं मिलेगा कार्य क्षेत्र में चुनौतियाँ बरकरार रहेंगी कम होने का नाम नहीं लेगी लेकिन क्योंकि मूलांक आर्थ वाले बहुत कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अपने दम पर जो मेहनत करेंगे वही आपको कुछ ना कुछ फल अवश्य देगी आपके कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगी जो हैं ये प्लानिंग आपके खिलाफ करेंगे इस साल जॉब आप स्विच कर सकते हैं कोई जो है आपके बॉस के साथ आपका विवाद हो सकता है तो नौकरी परिवर्तन का योग ये साल दिखा दे दिखाई पड़ रहा है उसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये साल प्रमोशन लेकर के भी आया है आपको प्रमोशन इत्यादि भी प्राप्त होगी और सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगी पारिवारिक संबंधों की बात करें पारिवारिक जीवन में बात करें तो सामान्य स्थिति बनी रहेगी लेकिन घर परिवार में आपके अपने जो है किसी जो है चाहने वाले के साथ आपका झगड़ा इत्यादि भी हो सकता है और संबंधों में खटास आ सकती है इसके साथ साथ दांपत्य जीवन में समरसता बनी रहेगी आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है और इस साल मानसिक टेंशन मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या को थोड़ा सा भी नज़रअंदाज मत करिएगा अन्यथा बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे खासकर के उधर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम या जॉइंट पेन हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है छात्रवर्ग की यदि हम बात करें तो प्रतियोगी परीक्षार्थियों को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं कारण इसका क्योंकि तो वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं उच्च शिक्षा पाने की इच्छा रखने वाले छात्र भी सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं धन लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो ये साल आपके लिए सामान्य रहेगा कोई लोन इत्यादि आपका यदि फंसा हुआ है तो अप्रूव हो जाएगा प्यार के मामले में आप थोड़े से हट इस साल साबित होंगे लेकिन आपका साथ आपका हाथ थामे रखेगा समय समय पर कोशिश कीजिएगा कि जो है धार्मिक यात्राएं आप लोग करते रहिए और इस साल यदि कोशिश करें तो आप लोग रुद्राभिषेक दो बार जरूर कराइएगा धन का आगमन आपके लिए बना रहे दीर्घकालिक धन आपके लिए बना रहे तो जो दीर्घकालिक निवेश रहेंगे इस साल आप कर सकते हैं जो कि आर्थिक स्थिति के को आपके समृद्ध बनाएगा पूर्व में यदि आपने कोई निवेश किए हैं म्यूचुअल फंड है एफ है, है या आपकी कोई आर इत्यादि है तो इस वर्ष वो आपको जो है समझ लीजिए कि उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगी अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांकाठ आप लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पथ पर अड़िग रहते हैं हिलते नहीं है तो इस वजह से इस साल आपको कई मुश्किल हालातों का सामना तो करना पड़ेगा लेकिन यदि ये चुनौतियाँ आती हैं तो इनको पार पार ले जाने में आप बहुत हद तक सक्षम रहेंगे इस साल आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा पैसा आ जा, जो है मतलब नो डाउट आप अच्छा गेन करेंगे लेकिन खर्च बहुत जो है ज़्यादा होगा दर्शकों वाहन इत्यादि आपको सावधानीपूर्वक इस वर्ष चलाने की सितारे चला दे रहे हैं अन्यथा कोई चोट इत्यादि एक्सीडेंट हो सकता है यदि आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट इत्यादि का प्रयोग करें कोशिश कीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक प्रयोग आप लोग करें साथ ही साथ दर्शकों इस वर्ष आपका कोई कीमती सामान चोरी होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है तो दर्शकों इस वर्ष को प्रभावी बनाने के लिए जो मुलांक काठ वाले लोग हैं क्या करें सबसे पहले देखिए आप लोगों को करना क्या रहेगा विष्णु सहस नाम का पाठ आप लोग प्रतिदिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दूसरा दर्शक को बताना चाहेंगे कि बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को केला खिलाना स्टार्ट कर दीजिए या चने की दाल गुड़ खिलाना स्टार्ट कर दीजिए तीसरा एक प्रयोग बताएंगे केसर केसर का सेवन आपको नित्य करना रहेगा और केसर का जो है क्या कहते हैं तिलक मस्तक जिब्भा नाभि पर आपको प्रतिदिन लगाना रहेगा इसके साथ साथ आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण यदि आपको पता है तो करवा सकते हैं अच्छा और अधिक धन लाभ के लिए शुक्रवार वाले दिन और सोमवार वाले दिन अनार के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करिए आपको अच्छा धन लाभ होगा तो दर्शकों कैसा लगा हमारा प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल में जो है हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार